सब ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ये सिर्फ जंगल है। हम सब घर है अपने पापा को तो मैं खो चुका हूँ अब अपना घर नहीं कोना चाहता

No chance. Exactly. You stand no chance. एक मारूंगा, लेकिन मारूंगा. लेकिन बेटा मारना तो तुझे सिर्फ डायलॉग आता है ना? नही अदाओ पे तो मर मिठे थे हम फैसला किया था बनाएंगे आपको अपनी बेगम. Oh, wow. well एक और डायलॉग

And I smack you both on your bum. Wow, you are a poet, mom. <laughs> Very funny. You, be quiet. And you, stop fighting. मेरी युवी को एक दिन में रैंबू बनाने का इरादा है क्या? अरे, इसे सेल्फ डिफेंस से कह रहा था. I'm making him a man. Exactly. He's not a man. He's a cub. Mom, please chill. No, I'm not going to. तुम्हें लग गयी तो? और तुम क्या जानो? एक माँ के बच्चे बच्चे बच्चे बच्चे

Fine. जो करना है करो मेरे पास मत आना रोते हुए हम्म, hmm. लगता है आज की रात आपको केव के बाहर ही सोना पड़ेगा। अरे बेटा मुझे अच्छी तरह आता है तेरी माँ को कैसे पटाना कैसे गाना मेरी दुनिया तेरे दम से सच कहता हूँ मेरी बात मान ले

थी है क्यों ऐसे मुझसे बिन बोले ही मेरा हाल जाने ले गुस्सा तेरा झूठा है रे झूठा झूठा है है रे है रे सच्चा नहीं ऐसे में जलाना तड़ दिल दुखाना जाना अच्छा नहीं

ना फिर मुस्कुरा दे मेरे सपनों को तू सजा दे मेरे दोनों जहान रख दू तेरे कदमों पे जान रख दू तेरे बिना जीना नहीं जीना नहीं जीना नहीं जीना नहीं तू है जहा तू है जहा तू है जहा तू है जहा मैं हूं

मेरे लिए

अगर पापा होते और गोली हम में से किसी को लगती तो क्या वो जगह छोड़ के चले जाते पापा और हम में बहुत फर्क है हम उनकी तरह ताकतवर नहीं है बेटा पर उन्होंने हमेशा आप लोगों को, को ही अपनी ताकत समझा था वो नहीं है। वो तो नहीं हम है बो... तो हम कुछ नहीं कर सकते आज उन्हें गोली लगी है कल हमें लग सकती है और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है हम अगर यहाँ रहे या कहीं और कहीं और जाएंगे तो कम ऐसी कम जिंदा तो रहेंगे न

महा हरि राजा नहीं है तो कहा हुआ उसका ही सेनापति तो है ना तुम लोगों के साथ जो लोग हम लोग के घर में घुस आए उनका ईट से ईट बजाई देंगे हम मार मार के उन सालन की दुर्गति कर देंगे पूरे दो सैनिक है हमरे व सेना में जो एक सारे पे हल्ला हल्ला हल्ला ओह शट अप व्हाट्स योर चिंपाओ

हर हर हर बात पे से प्रॉब्लम you know तो मतलब तो तो घर मत ही नो ना वो तो सॉरी बोल के काफी पिलाएंगे और अपने बुल्डोजर का यू टर्न लेकर जंगल से बाहर चले जाएंगे अरे <laughs> नादान आदमी है आदमी आदमी पे भी रहम नहीं करते

गोली मारकर भेजा निकाल लेंगे तोरा वो भी पूरा पूरा। hey, listen, हर सब तेरे जैसे थोड़ी जैसे भी के लिसन चिम्पो एक आदमी जैसे मेरे भी जो uh, वार्तालाप चलो <laughing> माना माना कि उस सज्जन लोग तोहरी बात मान लेंगे लेकिन हम में से बात करेगा कौन है हम लोगों के बीच कोई इंसानों की भाषा जानने वाला है कोई कौन है कौन है कौन

तो तो सिर्फ बात बात अरे पहले पहली पहली? बता वही मैं मैं कह रहा था। किसी को जानता जानता जो हमारी हमारी मदद कर सकता है, है। क्योंकि वो नहीं, बल्कि इंसानों की भाषा भी और उसका नाम उसका नाम उसका नाम है उसका नाम है उसका नाम तो था कल्पना नहीं विजय देना

इतोरी फिल्म की शूटिंग नहीं है, जिंदगी है जिंदगी भूत है बातों से नहीं मानेंगे ना बस बहुत हो गया बजरंगी अब न बात की जरूरत है न लात की फैसला हो चुका है हम दो दिन में ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे

जानता है। तुम तुम कौन हो मैं हूं काका युवी? आपका फ्रेंड से। दूसरी बात कि तुम भी अपना सामान बांधो और निकल लो यहाँ से लेकिन आप जाओगे कहा मैं जाऊंगा मैं मैं, मैं यहाँ है ना

उसका नाम एलेक्स है वो फिल्म डायरेक्टर विक्रम खोसला का तोता है उसके पंख कमजोर हैं, वो नहीं नहीं सकता। पर क्या तोता है साहब? हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, कौन सी है जो नहीं लेकिन तुम उससे सब क्यों प्लान है। में है, अकड़ है, और यही तेरा एंड हो जाएगा

इसलिए माई डार्लिंग वन रा जब भी तेरे ब्रेन का फ्यूज उठ जाता है ना स्टॉप राइट लंबी सांस खींच नहीं, नहीं। <laughs> और मेरा मंत्रा का ध्यान रखना a one, a two, a one, two,

twirl around turn me in really about like this we do the bug a huggy and hug the little monkey and start from the top again jo to kitappi are ye seen tu mera dekha hua hai aur tu fir baat to ye pehle wali baat kare kaaka huhi to main keh raha tha film ka to mujhe kuch nahi pata par yahan sab kuch aapki acting pe depend karta hai acha ha okay kaaka ready

तो, एक्शन अरे हो ही नहीं सकता हो सकता है सवाल ही पैदा नहीं होता पैदा होता है अरे पाते है, बाते हैं सिर्फ बातें तुम अभी मेरे बजरंगी अंकल को जानते नहीं हो, हो बजरंगी अंकल कब आते ललु

अरे देखिए ना बजी अंकल मैं इनसे कह रहा हूं कि पूरे जंगल में आप जैसा स्ट्रांग कोई नहीं है। बजा फरमाया। पर यकीनी नहीं है। नहीं करते तो अभी करवा देते हैं चुप है। नहीं नहीं नहीं नहीं मेरी इनसे शर्त लगी है कि बजंगी अंकल दो दो लोगों को पंजे में एक साथ हरा सकते हैं पर, है। पर ये कहते हैं पर ये कहते हैं

वो ही नहीं सकता अच्छा बात है तो है कोई जंगल में जो सामने आए आपसे नहीं कह रहे भरेला मरेला सामने आओ

उस तो गड़बड़ है गुरु छोटू के इरादे ठीक नहीं लगते गुरु मैंने इनसे ये भी कहा था की बजरंगी अंकल किसी भी पेट को हिला के सारे फ्रूट एक झटके में नीचे गिरा सकते हैं, पर इनका कहना है इम्पॉसिबल तो, तो ये ना आपको रहा नारियल के गिरे तो हड्डी पसली तो टूटे और नारियल तो मिले ना कम ऐसी कम तो कितनी

और क्या कह रहे थे कबूतरवा कबूतरवा नहीं अंकल एलेक्सवा एलेक्सवा हाँ मैंने ये भी कहा कि एलेक्स को आप ही विक्रम घोसला के कैद से छुड़ा सकते हो पर ये बोले ओ ही नहीं सकता आप है? है मैं तेरा तोता तू मेरी मेहनत

Let me tell you.

Welcome to Ghosla's Ghosla, baby. Wow, nice house, Ghosla ji. She is a hottie. Ah! You, Alex, what a cute little. Oh, baby, poolside, let's go. Poolside, why? Ah, वही तो तुम्हारा opening scene होगा.

फुल है फिल्म आएगी आएगी तभी तो तो मेरा कैरेक्टर एक्सपोज एक्सपोज ना आई आई फुली एक्सपोज लंबा रोल छोटे छोटे कपड़े एकदम टॉप के हीरोइन बनाऊंगा यू सीरियस ना खोजना जी अरे सीरियस oh,

आ, आ, प्लीज अब मेरी बात तो बग्गा जी, ये तो ये बच्चा है पर आप बच्चा है, इसके लिए मैं साथ गया था ना आंटी जी कम ऑन ऑनित सम्बन्ध जिम्मेदार आपके लिए इंसानों के घर में जाकर सबकी जान खतरे में डालना जिम्मेदारी है और तुम बच तुम तो इंसानों से बातचीत करने के भी खिलाफ थे

फिर तुमने ये सब क्यों किया हुआ हुआ ना? ना कि ये युवराज ने चढ़ा दिया ना? चढ़ गए ना और गिर गए ना मैडम आप कुछ कह रही थी ना? मैडम बोलिए अल्टीमेटली आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो जगह कितनी खतरनाक है अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो कैसा हो जा कसम बजरंग की हमने रहते हुए तुम्हारे युवराज का कोई बाल भी बाका नहीं करता सुल्तान भी यही सोचता था पर क्या हुआ

मेरे देखते-देखते इंसानों ने उसे छीन लिया। वो कुछ कर सका ना मैं। I'm sorry, मुझे आपसे पूछे बिना नहीं जाना चाहिए था। पर मैं नहीं चाहता था जो पापा के साथ हुआ किसी और के साथ भी हो इनफैक्ट मीटिंग के बाद पापा खुद मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा। चुके और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते बेटा

कहानी हर घर की कहानी घर घर की आई मीन इनासे दिस भगवान नॉनसेंस गट दिस फैमिली ड्रामा एंड ड्रॉपिंग बैक होम फॉर गॉड सेक मुझे अभी क्या अभी क्या अभी के अभी वापस छोड़ के आओ ही देखो तुतलात उतला के वही चीज फिर ना कहे वही चीज फिर ना कहे वही यह चीज फिर ना कहे तो इसको तोता कौन कहे शट अप यू ए

मैं तुम जैसे एलएस एस से बात नहीं करता तो चिंपा और दूसरी बात तो ये कि तुम जंगल जैसी खुली हवा और आजादी छोड़कर वापस उस जेल में क्यों जाना चाहते हो आजादी माई फट यू कॉल थिंग आजादी Think again, dude. कितनी गर्मी है यहाँ हौसला के यहाँ एसी है टीवी है डीवीडी है इंटरनेट है विस्की है काजू है और सबसे बड़ी बात वहाँ पे इटिंग नट नहीं है हम लोग में से एक है

तू भी तो जंगली है क्या तू तो इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं देगा pill, ये जंगल तुम्हारा घर है मेरा नहीं प्लेस <laughs> अरे का इतनी दे रहे हो तो हम तो कहते है की हमारा रास्ता अभी भी खुला है हमारी वार्डर सेना एकदम तैयार है हम तो कहते हैं हम तो कहते हैं बोल। अरे तू बोलना मोटा कौन मैं ठीक है तुम तो मैं बोल लेता हूँ

Hello Paul. Oh Bajrangi that's impressive man. What an army. Ye ladenge insano se. Ye ladenge insano se. You lost your mind. Chal yaar. Oh yo yo yo yo. Hey, don't you dare you fati chad you you you you backward bandar. Chal chale bhar. Abe samne ta. Abe samne ta. Did you know kidnapping is a crime under section 364A? Hey, kya bakwas kar raha hai? We are very very sorry Alex, but you are our only hope.

तुम्हें हमारी मदद करनी होगी हमारी आवाज इंसानों तक पहुंचानी होगी एव यू लॉस्ट योर माइंड इंसानों तक पहुंचानी होगी आज तुम बोलेंगे बिल्डर से बात करो कल मिनिस्टर फिर चीफ मिनिस्टर वहाँ भी बात नहीं बनी तो कहोगे एलेक्स हमारे साथ दिल्ली चलो। दिल्ली? <laughs> um, ये दिल्ली क्या है अनबिलेबुल

NDTV, CNN, IBN, BBC, एन एन आई बी एन बीबीसी झगड़े जूते माइक ट्रस्ट वोट बंडल्स नोट पार्लियामेंट पार्लियामेंट इट्स पार्लियामेंट वहाँ जो लोग बैठते हैं देश चलाने का काम उन्हीं नहीं था यू नो मिनिस्टर्स एन ऑन मिनिस्टर मिनिस्टर लोग पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं लोगों की शिकायतें सुनते हैं. है वो हमारी शिकायत सुनेंगे जरूर सुनेंगे

अ नो नो नो नो नो नो डोंट कि मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलू आई एम नॉट गोइंग एनी वे चाहे धरती घर जाए या आसमान पास जाए

साथ रहना सिखाया था ना इस जंगल में उनकी यादें हैं, याद हमें एलेक्स को मनाना ही होगा दस दिल्ली जाएंगे दिल्ली? से लोगों से मिलेंगे और भासे भीख मांगेंगे ई हम गुरु हैं, आप दोनों चेला

अरे हम दिल्ली जाएंगे जरूर लेकिन पहुंचेंगे नहीं रास्ते में मौका मिलते ही ही हम का काम तमाम कर दूंगा ना ना तोता और ना ही होगा इंसानों के साथ कोई डिस्कशन फिर होगा केवल एक्शन ही एक्शन क्योंकि ई धरती हमेशा वन रोकी रही है और हम वन रोकी ही रहेगी और हम करेंगे इसमें

Mama Allah ba

हमारे संग आओ आओ हट जाने दे हवा छोडो छोडो छोडो ना छोड़ ना ज़िद छोड़ दे मेरा रस्ता। आओ ना हमारे संग आओ आओ हट जाने दे हवा छोडो छोडो छोडो ना ना ज़िद छोड़ छोड़ दे मेरा रस्ता। पे हम निशन पे हम आज रसदाजी है हमने कसम अपने सच्चे सारे वादे

आगे आगे हम चले एक कदम और पीछे पीछे तुम चलो दिल दिल दिल सफारी एक कदम आगे आगे हम चले एक कदम और पीछे पीछे तुम चलो

Ekadam, apne chhich chhich tum chalo, dil dil dil Delhi chali dil ki safari. Ekadam, tu aagi aagi ham chali. Ekadam, apne chhich chhich tum chalo, dil dil dil Delhi chali dil ki safari. Delhi safari, hey, Delhi safari, oh, Delhi safari, hey, Delhi safari, oh, Delhi safari, hey.

जल्दी साफ

अरे उनको पता चला कि ट्रेन में जानवर है लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि हम लोग अंदर छुपे हुए हैं सब इस बंदर की वजह से हुआ है क्या तू तो बाहर तो नहीं गया था बिग जॉब जॉब स्मॉल केला को तो हार को मैं ये की सुन। अरे हम यहाँ पर फेरा दे रहे थे

मामा यू हम भाई का कर रहे हो

ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए मैं तो नहीं आ रहा था मम्मा जैसे ही मैंने आग बंद की ना पापा मेरे सामने आ गए फिर के सपने? मैं सच कह रहा अंकल। पापा खुद मेरे पास आए थे और, वो मेरे पास थे। की, हम साथ, साथ है सब लोग गले मिलो एक दूसरे को सॉरी बोलोट रोलॉर्ड

मैं आपको ले जाना चाहता हूं एक छोटे से फ्लैशबैक में जहां इस मासूम और प्यारे तोते पर टॉर्चर हो रहा था मिलोड ठीक तीन बजकर सैतीस मिनट पर ट्रेन रुकने से पहले और ब्रेक लगने के बाद ये बंदर इतना बड़ा चाकू लेकर मेरे सामने खड़ा था क्या ये बता सकता है ये क्या कर रहा था आई मीन नेक्सप्लेनेशन बाज क्या ये सच है यहाँ तो पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है इका रात दिन सोते जागते हमारी नजर आते है ये बंदर झूठ बोल रहा है

अब एक किंग करते हो तो फिर डरते मारने की कोशिश कर रहा है क्या हम चाहे तो अभी कभी उड़ा दे बस करो आप लोग इसी तरह लड़ते रहे तो ये मिशन कभी पूरा नहीं होगा बचरंगी अब तुम कुछ नहीं बोलोगे एंड यू ओसो लिसन टू बी केयरफुल्स हम तुम्हारे बगैर दिल्ली नहीं जा सकते और तुम हमारे बिना मुंबई नहीं पहुँच सकते हम सबकी भलाई इसी में है

कि हम एक दूसरे का साथ थे फाइन फाइन मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा पर इस बंदर से कहो अपने हथियार यहीं छोड़ दे जब तक ये ऐसा नहीं करेगा मैं आगे नहीं जाऊंगा ये हथियार हमारा शान है। यू डों सामान कमा थोड़ी

हम थोड़ा हल्का हो गया था हल्का तो हुई गया बजरंगी तनिक दे देखो तो बैसन कमजोर हुई गया बबुआ जाए तो अभी जब मुंह से बात करा

ये तो अच्छा हुआ हम खुद का दो हथियार संभाल के रख ली आ... अच्छा सुन गुरु गुरु हा? अरे तुम्हारा प्लान नंबर तो टोटली चौपट यार पीछा करने की बात कर रहे थे हा? अरे से उतर के सिग्नल तो देना चाहिए था ना पागल पागल नहीं हम पागल ठीक गुरु ये भी सुना तुमको उल्टा करके सारे हथियार झाड़ दिए तुम्हारा बड़ी तकलीफ हुई होगी ना एक

एका वास्ते हम तो हार गुरु हैं और तू हमार चेला अरे वो लोग हमारा हथियार कैद के ले तो कहाँ तुम्हारे तो तो तो इजारे का इंतजार करते रहना और जैसे हम इजारा कर रहे अब हम दिल्ली कैसे जाएंगे बागा अंक रास्ता तो सिर्फ ट्रेन को पता था वास्ते तुम लोग ही आ हो और हम ही आ

ट्रेन कहां जा रही थी पटरी कहां जाएगी दिली. हम लोगों को कहां जाना है? कॉमन सेंस अरे ये क्या कॉमन सेंस कॉमन सेंस

ट्रेन मेरी मानो तो ये यूटर्न ले लो कम ऐसी आए थे वापस वहाँ तो पहुँच जायेंगे मामा जब नीचे के रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला ही रास्ता दिखा सकता है Batman, Batman नहीं आरोप मान मेरी राजू मेरा नाम रास्ता दिखाना मेरा काम दिल्ली का रास्ता जानना है नैसे पता अरे राजू गाइड क्या इस देश का हर जानवर तुम्हारे मिशन के बारे में जानता है आखिर इंटरनेट का जमाना है

ये रही तुम्हारी दिल्ली इलेट इलेट इटल इस मैप को समझने के लिए आपके पास कोई दूसरा मैप है नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, लो गाऊ ऐसा गाना दिल्ली को पार कर दूं।

आओ यारो आओ तुमको राह बताऊं दिल्ली की आओ यारो आओ तुमको राह बताऊं दिल्ली की जाओ यहाँ से सीधा जाओ हिम्मत रखो मत घबराओ हरियाली का डेरा होगा जंगल यहाँ घनेरा होगा नहीं भाई, नहीं, भाई नहीं, नहीं, नहीं नहीं भाई नहीं नहीं भाई भाई भाई नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं भई नहीं

हरे भरे उस जंगल की इंसानों ने मारी रेड़ काट दिया सारे जंगल को छोड़ दिया एक सूखा पेड़ वहाँ से फिर तुम आगे जाना हुआ जो उस पे ना पछताना बहती हुई लहरों का जहा मिलेगी तुमको नदी वहाँ नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं नहीं भाई नहीं

नहीं भाई नहीं नहीं भाए नहीं नहीं भाए नहीं हर नदी जहाँ पे कल बहती थी आज वहाँ पर नाला है मत पूछो इंसानों ने क्या हाल उसका कर डाला है थोड़ी दूरी तुम तय करना बस इंसानों से तुम डरना रेतों की दुनिया सुनसान वहाँ पे होगा रेगिस्तान नहीं भाई नहीं, नहीं, भाए नहीं, नहीं, भाए नहीं, नहीं भाए

टोली रहे ना वो मस्ताने ढील खेतों की वो सुंदर टील हो गई हाईवे में तब्दील सबकी दुआ रंग लाएगी संसद वहाँ से दिख जाएगी संसद में खामोश न रहना इंसानों से बस ये कहना सुनो सुनो बस इंसानों

सुनो सुनो वैशी इंसानो तो इसका कहना मानो ये कहती है हर दम हमसे तुम और तुमसे हम हमको अगर मिटाओगे तो खुद भी मिट जाओगे प्लीज <coughs>

मैं और ट्रैवल नहीं कर सकता तो का एरोप्लेन मंगाए चुपचा था, था नहीं तो नहीं तो क्या मारोगे ना प्लीज किरबी मारो मुझे अरे तोता तो का धूप में पागल हो ही गवा है का? होट एफ गॉन्ट मैट मैं पागल हो गया हूँ देखो देखो देखो हम इसका गला दबा नहीं रहे हैं। ये हमारे हाथ से खुद का गला दबा रहा है बजरंगी एलेक्स दोनों शांत हो जाओ काछ ज्यादा दूर नहीं होगा

I'm in love with you.

में कितना दम है देखेंगे सब देखेंगे कोई भी हो हमसे कम है दुनिया को हम जीतेंगे खात में वो मिल जाएगा हमसे जो टकराएगा पत्ते जैसा उड़ जाएगा

पत का ना तुम्हें कोई अंदाजा है मेरी ताकत का अपने कदमों के नीचे तो ये जमाना झुकता है हम शारा जो कर दे तो आंधी धूपा रुकता है आवे

तो सामने आ जा रहे अरे आजादी तुम बीच दिखा के ऐसे ना जा रहे जोश पकड़ दूर ठंडा आ जा रहे मेरे आजादी को देख के हाथ में डंडा ना जा रहे बच के बच के निकल जाने पीछे ऊपर नीचे राय बाएं निकल आए

दोनों तो हाँ, पन कोई डांडिया तो का सफर तो नहीं पति गयो और इन दोनों का क्या करें? अरे मोटा भाई कोई चिंता न थी अभी दो कंधा सुने तरह ठीक हो जाएंगे <laughs>

इमने तो तोड़ा में गोल गोल घूम के न चक्कर आवी मने लागे मने लागे लागे कि दोनों को बस आराम की जरूरत है वो ठीक हो जाएंगे आप बस हमें आगे का रास्ता बताइए अभी तो बहुत रात हो गई है बेगम बेन आज रात इधर ही आराम करो सुबह हम आपको रास्ता भी बता देंगे और बाकी जानवरों और पक्षियों में ये बात भी फैला देंगे <laughs>

ग्रुप के अंदर एक बात का ख्याल रखना वो काले बरगद के के पेड़ उस उस तरफ तरफ का एरिया है है। ने। कालिया कभी भूल से भी मत जाना वो काले बरगद के पेड़ के उस तरफ का एरिया है ने। कालिया नाद का है

धीरे बोलो बेटा सब लोग थके हुए हैं है। जाते पर, पर वो, वो समझते है की मैं उनसे बहुत दूर हूँ सिर्फ आप जानते हो की मैं दूर नहीं पास हूं।

पर आप मम्मा को क्यों नहीं दिखाई देते जरूर दिखाई दूंगा बेटा, बेटा पर वक्त आने पे, ओके? मैं देगा उसका मौत का घाट उतार गई और किसी को हम पर शक न हो

बजंग के के अंकल अंकल अब क्या क्या कर कर रहे हैं? है है तू रहा रहा राजा निकल चल। आ, अंकल, ये सब हो क्या रहा है? लेकिन एलिक्स को क्यों ये तो कारिया का इलाका है मुंबई गोड़ हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा चलिए बजरंग अंकल जल्दी थोड़ा लेट हो गए अब

कोई फायदा नहीं uh, मैं इस का बेताज बादशाह हू uh. कालिया

आज में क्या है रे <laughs> उद एक प्लेट तो था <laughs> एक प्लेट शेरी खुरमा <laughs> और एक प्लेट बंदर तंदूरी मुँह में पानी आ गया यार मुँह में पानी आ गया

देखो कलिया तुम हमका अकेला मत समझो हमरे एक ऑर्डर पे हमरे एक ऑर्डर पे मत बोल

कोई नजर नहीं आ रहा ना ना ना ना अंकल हम गलती से यहाँ आ गए हमें प्लीज जाने दीजिए ठीक है ठीक है हाँ अगर जाना है तो जाओ लेकिन पहले हमसे लड़ो हमें हराओ

फिर जाओ वेरी सिंपल लेकिन तुम हमसे लड़ोगे कैसे हमारे पास ताँत है हमारे पास नाखुन है, है हिम्मत है लोग हैं। तुम्हारे पास क्या है क्या है तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास मेरे पास मां है, मां।

मां <laughs> मां <Ma, ma. laughs>

बचाने वाला बड़ा होता है पर तुम ये नहीं समझोगे तुमसे अच्छा तो यह एलिक्स है जो हमारी आवाज बन के हमारे साथ दिल्ली जा रहा है जब तक ये हमारे साथ है

हमारी आवाज दिल्ली तक जरूर पहुंचेगी हमारी आवाज दिल्ली तक कभी नहीं पहुँचेगी मम्म की आवाज ही चली गई है और मुझे लगता है कि वो कभी नहीं बोल पाएगा। क्या किया बजेंगे अंकल ये आपने क्या किया

तो सीरियस चे। सीरियस तो चे। तो सीरियस सीरियस छे छे एलेक्स भाई पूरी बोलती हुँ, हुँ, बोलती बंद बंद तो आवाज एक वैसे है उसमें तो बहुत बार ऐसा होता है

याच्चे अरे वो अपने शिकागो वाले शो में रसीक भाई नहीं घरवाली घर वाली ना वो शिकागो का नहीं ग्लासगो का शो शो था कौन सा भी शो लेकिन आवाज तो गो ढहाड़ो फीमिंग गो गो पची वापस तो आ गया झगड़ो चाहिए की फिर सोल्यूशन सोल्यूशन चाहिए आपके पास इसका कोई इलाज है बतावी दो आप इलाज बता दो बापा अं।

हाँ, तमें एक काम करो एलेक्स भाई ने अमरुद अदरक बताओ, हमने सीधे सीधे जड़ी बूटी वाले बाबा का पत्ता भी दो जड़ी बूटी बाबा यहाँ से मारवाड़ के रास्ते पे एक बहुत मोटी नदी छे, छबा गुफा इज नदी ना किनारे छे। हाँ हाँ हाँ कितनी शांति हैगी

लगा थे कि शांति हमारे प्यारे अलक्सवा के आवाज से ही टूटेगी देखना देखना गुरुजी के दर्शन करते ही कैसन चटर पटर बोलने लगेगा अपना इलू। गुरुजी। महाराज बाबा बाबा। अरे तो, ये तो बाबा नहीं है? नो नहीं देखता अरे, अरे दो चार सास बाकी है वो भी तोरे छोर से निकल जाए

हम गुरुजी गुरुजी ये ना तो घंटा है घंटे लगा डायरेक्ट एंट्री करे के पड़ी बजरंग कौन है तो कौन है जो हमें अपने अंतर मन से पुकार रहा है बाबा डालिंग यहाँ है मतलब पीछे से दो <laughs>

पली कि इतना पॉल्यूटेड तो मुंबई भी नहीं है। है। है। बाबा ये ये एलेक्स एलेक्स, कल रात से इसकी आवाज़ चली गई है। अपना मुंह खोलो। हम्म, मर जाएगा मामूली बीमारी बीमारी नहीं है। राजा, राजाओं की है। राजा की पर

बीमारी क्या है टीबी, टेंशन, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, हाई भी भी भी, इसे ठीक करने के लिए मशीन तो, मेहनत करनी पड़ेगी सबसे पहले इसके गले चाकू चाकू चाचा चंदन और चमेली का लेप लगाना होगा पीले गुलाबों से ताजा कुलकंद निकाल के

पिट्टी में मिलाना होगा फिर उस गुलकंद को लाल मीठे और ताजा अमरूदों के साथ हर रोज खिलाना होगा पर ये काम करेगा कौन ये काम हम पे छोड़ दो हम पे दवा कहा है दवा

दवा दवा से दवा घिस दे, दवा, दवा। हाथ चिम पाओ

काटा ही काटा का इलाज बताया रहा हाँ पिला हा, हा, हा। लाल

हेलो वा हाँ ये ठीक है नाही चलो देखते हैं। आ।

ठीक है ई भी नहीं में हम नहीं जाएंगे ये नहीं हो सकता है अरे अरे अरे क्या कर रहा है यार

बाबा इसको ठीक करते करते तू तो खुद बीमार हो जाएगा खाना तो का, हम पानी तक नहीं हम बड़ी वचन दे था कि जब तक अलक्स का आवाज नहीं आ जाता है कसम बजरंग बड़े हम अन्न जल कर सेवा करेंगे हमार गुरु नहीं हो सकता है सर कटा सकते, हैं लेकिन सर सर सकते, सकते में। में। नहीं ऐसे?

कैसे थे हमारे गुरु? लेकिन आज तुम्हारा झुका हुआ सर देखकर ऐसा लगता है ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि का दवा खा ले है ना? ये हमारे गुरु नहीं, नहीं हो, हो सका।, सका और तुम हमारे चेलना नहीं हो सका तो अच्छा कहा थे तुम दोनों

जब हम इशारा करते रहे और कालिया दांत निकाल निकाल कर हम पर हंसता रहा कहा थे तुम दोनों जब हम एलेक्सवा के दवाइयों के खातिर दर दर भटकते रहे अरे छी तू है ऐसा चेलो आरोप एक लव्जे ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के खातिर अपनी उंगली काट दी थी और तुम दोनों बार बार उंगली उठावन चेलो आरोप हमें किसी की जरूरत नहीं है

चला जाओ हमरी नजो के सामने से चला जाओ अरे सचमुच गए काम मरेला मरेला कौन अल अरे अरे अरे आवा था आवा था अंकिल

दिल्ली पहुंचने से पहले एलिक्स की आवाज वापस तो आ जाएगी ना डोंबाउट लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो अपनी बजरंगी की आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी बेचारा तीन दिन से बिना खाए पिए उस एलिक्स बा के लिए बीच कर रहा है बाल हनुमान फिल्म देखे हो क्या बेचारे बाल हनुमान जी की पीठ आरोप इतने राक्षस लोग एक साथ हमला कर देते

हनुमान जी अपना धैर्य और साहस छोड़े बिना चाहे श्री राम बोल के निरंतर आगे बढ़ते रहे जितनी बार बार मुसीबत को सामने आता देखा उतनी उनके मुख से निकलता रहा व्हाट व्हाट बकवास किया बे उससे तो पहले बकवास किया नहीं नहीं का बकवास किया

अरे आज हम तो, के ना ही तो के ना ही क्या ममा बीबी आई होना ही कहते हैं किसका किसका लो है? आवाज तो आज हैंगी तारा सिस्टम फेल कर देंगे बजरंगी बजरंगी मेरी बात करना तो ही छोड़ेंगे। तो सुना

हम तोरे भूखे रहे पानी की एक बूंद पिए बिना तुहरी चाकरी करते रहे सबकी नजर में विलन बन के जीते रहे और तू तू हमरे संग गद्दारी किया हमने वानर सेना में धोखा धोखाई का है मुंह में टांक नहीं है का अबे कुछ तो बक।

बाल हनुमान मुसीबत को देख क्या बोले रहे जय श्री राम हाँ, तू तो जय श्री राम की भाई

दुश्मन ने हमें सोते से जगाया है आई रिपीट दुश्मन ने हमें सोते से जगाया है उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दो। अंकल इनमें कौन किसके पीछे भाग गया है इसमें कंफ्यूजन किस बात की कोई उन लोग के पीछे भाग रहा है

तो हमें क्या करना चाहिए लेटमी uh, एक्चुअली हमें भी भागना चाहिए आई वॉट पोजिशन सेकेंड यूनिट

भागो सब लोग इसमें आ जाओ जल्दी जल्दी को हिया हिया हिया सेफ्टी सेफ्टी शर्म आनी चाहिए तुमको बशरंगी तुमने सिर्फ एलेक्स को ही नहीं हम सबको फिर से धोखा दिया कसम भरी की शरम बचंगी मुझे ना तुम पे भरोसे तुम्हारी कसम पे आप हमें समझते नहीं है हम आपसे कहा था कुछ मत कहोत शरम

ये ये तुम बोल सकते हो एलेक्स? हाँ। आप लोग भी यही चाहते हैं ना कि मैं बोलू अबे हम तारीफ बोलती बंद कर देंगे दुश्मन को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देना <laughs> दुश्मन को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे हो रहा है

मैंने कहा था उस मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगाओ आइए मैंने कहा था, था भगा जी को के उनका बिठाड़ा लगाओ आई कि चलो दिल्ली oh, no.

हुआ उन लोगों ने हमें नहीं देखा वो सब तो ठीक है प्रकाश जी पर एलेक्स और बजरंगी कहा होंगे समझ में नहीं आता आखिर वो दोनों कूदे क्यों नहीं Why didn't you jump? तुम क्यों नहीं बचांगी भाई मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना यही तो कहत रही मैडम सच कहत रही

बिल्कुल सच oh, मैं भी कितना बेवकूफ था इस बात से नाराज था कि कि तुमने मुझे किसी इंसान के घर से घर से छीना, लेकिन भूल गया इंसानों ने तुम सबका छीन लिया। और मैं फिर भी हर मोड़ पर तुम लोगों की मदद करने से भागता रहा आई एम सॉरी तुम का सारी बोलत होलू ग तुम हमारे मदद करे के खातिर ही आए और हम

हम तो के बारे में सोचने लगे पर सच बोले सच बोले बाबू जो मजा तो का मारे के सोचने में नहीं आया ना वो मजा तो का इस बार बचाने में आएगा

रहा जब हम डाकू के अड्डे से चिरम चुराई के पिये रहे राज क्या है ना बच्चू पर आज इतनी इम्तिहास लगी है कॉम्प्रोमाइज़ चलो चलो हम तो हार वास्ते पानी ला अरे नहीं बाबू पानी हमका लाबंदे अरे कमांडू तू हमारे बेस्ट फ्रेंड है हम

फ्रेंड जो कहा था तो सुनने के पड़ी समझ ली पानी, पानी तुरा रंग कैसा जिसमें

Tiger नहीं हूँ मत मारो हम, हम, हम, हम का मत मारो मैं पिल्ली हूँ पिल्ली अरे नहीं नहीं नहीं हम का मत मारो मुझे मत मारो हम का मत मारो मुझे मत मारो देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख देख �

इंसानों का बस चले तो वो सारे टाइगर एक एक करके मार दें मैं मरना नहीं चाहता था इसलिए उनसे बचने के लिए मैं एक बिल्ली की ज़िंदगी जीने लगा और ख़ुद को बिल्ली कहते कहते मैं टाइगर की ज़िंदगी जीना ही भूल गया मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डरपोक हूं हूँ हाँ मैं डरपोक हूं हूँ लेकिन मैं डर पोंख

इसलिए शायद अब तक किसी शिकारी के घर की दीवार पे टंगा नहीं हूँ आप डरपोक नहीं आप तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा था दिल्ली न जाने के बहाने नहीं ढूंढ कर लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि ये मिशन सिर्फ एक जंगल के लिए नहीं बल्कि हर उस जानवर के लिए है जो अपने घर में डर के जी रहा है ठीक कहा तेलू तू तो पहुँचाई दे हम लोगों का मुद्दा इन लोगों तक हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे

वो ही दिल्ली नहीं जाएगा पागल हो गए थे थे, हम। जो इंसान इंसान को इंसानियत सिखाने की की सोच रहे थे। एक शिकायत दूसरे इंसान तक लेके जा रहे थे अरे वो सब एक जैसे हैं, क्रूएल एंड हार्टलेस। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे तुमको मुझको इस... यूवी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी मैं यूवी को लेके जा रही हूँ तुम लोग भी भाग जाओ

हम दिल्ली नहीं जाएंगे कोई दिल्ली नहीं जाएगा मुझे किसी को बुलाना होगा एक वही है जो मामा को मना सकते हैं

पापा कभी कभी आए थे, आने वाले हैं। है। देखो ना, आपको वो दिखाई नहीं दे रहे नहीं मुझे कोई नहीं दे रहा लेकिन मुझे साफ दे रहा है। आंटी जी देखो सुल्तान मुझे दिखाई दे रहा है यस यस आंटी जी आई चली देखो लेकिन वहाँ नहीं यहाँ यू ने इसकी हिम्मत में वो हिम्मत जो हम सबको यहाँ तक ले आई

मुझे सुल्तान नजर आ रहा है बजरंगी और एलेक्स की इस दोस्ती में ऐसी दोस्ती जिसे दुश्मनी को कौन कहता है की सुल्तान दिखाई नहीं देता सुल्तान आज भी हमारे साथ है yes, right अब तक मैं खुद नहीं जानता था की मैं इस सफर पर क्यों आया हूँ क्या जरूरत है मेरी यहाँ पे सिर्फ हंसी मजाक

अब मुझे पता चला शायद मेरी जरूरत यहां इसलिए थी ताकि सिर्फ यह बच्चा नहीं हम सब सुल्तान को देख सकें

टूटी तुम आगे बढ़ते चलो अब दिल्ली दूर नहीं हो तुम आगे बढ़ते चलो अब दिल्ली दूर नहीं कह रहे हैं हौसले

I think it.

पीछे तुम चलो दिल दिल दिल चली सवारी आई गई तो हार्दिक

ऐसी ऐसी लेकिन अब क्या करें अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है हमारे पास एक... अच्छा ठीक है तुम कहो पहले नो नो नो नो नो नो ahead पहले आप नहीं पहले आप। no way, पहले नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं तुम

कही दो पहले आप पहले आप अबे अगर शर्ट ऑफ दू पहले आप oh, पहले, आ, पहले आप में ट्रेन निकल जाएगी लखनऊ आंटी जी आपके पास जरूर कोई प्लान <laughs> नहीं नहीं What? You don't have a plan? Oh my God, अब क्या करेंगे कुछ तो सोचना पड़ेगा कुछ तो सोचना पड़ेगा ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ट्रक का दरवाजा खोलेंगे सड़क पे निकलेंगे सारे लोगों में हंगामा मचाएंगे और सारे न्यूज वाले हमारे सामने माइक रखे पूछेंगे आप यहाँ क्यों

I hear hmm? Bagaji you are a genius ah! oh! Oh!

पहली बार ऐसा लग रहा है की आपके पास भी बंदूक होनी चाहिए right, एन डी टीवी सी NDTV, CNN, पूरी मीडिया यहाँ है सारी देश की जनता हमें देख रही है Alex। बात करो

आइए आपकी कमी थी लक्ष्मा अरे तू तो कुछ बोलता क्यों नहीं Stage fright, dude. Give me a minute. Stage fright, तुम कमॉन देखो इन्हें ये है जंगल से भागे पेड़ों की छाव से निकल के है जागे आए यहाँ है मुश्किलों से बचकर

हथेली पे अपनी जान रख कर खो न ये जानवर जमीन पर आ ना खेता जाके हरी मिर्च खा गया है कभी नशीर में ना रहा भैया गया पहुंची पहुंची गया, गया, दिल्ली मेरे को तो फुल कॉन्फिडेंस था

अपने ओ मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले ओ मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं अब ये जंगल वाले इनकी उम्मीद न टूटे तू आजा

आ जा रे आ जा रे पार्लियामेंट वाले भैया आ जारे, आ जा जा रे, रे गुरु जैसा बंदर कहाँ और टूबी के अंदर वो बंदर नहीं है गुरु खुद है मैंने कहा था गुरु वहाँ पहुँचेंगे <laughs>

तुम कब बे? जब तुम सुने नहीं रहे जो, जो, जो, जो, जो, ये क्या कर हगी याद कर हगी वगी, याद कर हगी वगी, हगी वगी। भाड़ भी गया तुम्हारा हगी और भाड़ भी गया तुम्हारा वगी। कह रहे इनकी करके तू हमारे मकसद में कमजोर कहा कर रहा, कर रहा। guys, guys, guys, guys, मैं पहले सीरियस लेक्चर देता ना

तो इंडिया की सारी जनता मिस्टर इंडिया हो जाती एहसास तो हुआ कि एक तो एक बंदर एक तेंदुआ उसका बच्चा और एक भालू दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे ऐसी क्या मुसीबत उन्हें यहां तक ले आई या फिर

किसी को हंसने से फुर्सत ही नहीं मिली कि हमारा दर्द पहचाने तो आप ही हमें बताइए आप यहां क्यों आए हैं बताऊंगा लेकिन तब जब इस पार्लियामेंट में से कोई ऐसा इंसान यहां आएगा जो हमारी मदद करने की ताकत भी रखता हो और नियत भी

इस वक्त सारा देश इन जानवरों की कहानी जानना चाहता है पार्लियामेंट हाउस right हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में हंगामा मचा हुआ है आज होने वाले ट्रस्ट वोट को भी रोका गया है अरविंद I mean, सांस और बहू को छोड़कर हर सास और हर बहू इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर रुके इन जानवरों आरोप नजर टिकाए टिकाएस

waiting outside the parliament house only to know whether someone from the parliament is actually going to hear these animals I have out. got a breaking news sunema aaya hai ki khud pradhan mantri ji in janvaron ki baat sunne bahar aane wale hain ab tak bahas <laughs> chal rahi thi lekar tada aur kota lekin ab sabki zuban par hai ek bhalu ek bandar wo teez aur ek kota

कहिए जो आपको कहना है बोलो एलेक्स बोलो पहुंचाओ हमारी आवाज दुनिया के हर इंसान के कानों तक हम आपको यहां ये बताने आए हैं

कि हर इंसान की जान खतरे में करोड़ों जानवर आप सबके घरों पर परिवारों पर हमला करने वाले आपका घर आपका परिवार आपकी जान सब कुछ खत्म हो जाएगा एक एक करके हम सबको मारेंगे अब एक ऐसी जंग होगी कि इंसान का नामो निशान मिट जाए, क्यों चौंक गए गुस्सा आया डर गए खुद के लिए अपने घरों के लिए

अपने अपनों के लिए शायद अब आपको थोड़ा सा एहसास हुआ होगा कि हम पर क्या बीती है क्योंकि हमला हम आप पर नहीं आप हम पर कर रहे हैं आज से नहीं सदियों से बंदूकों से बुलडोजर से पॉल्यूशन से जंगलों को काटने से जानवरों को मारने से घर में खेलने के लिए एक कुत्ता टॉमी एक तोता मिट्ठू या एक बिल्ली पालते हो लेकिन करोड़ों जानवरों को उनकी खाल उनके दांत उनके अलग अलग हिस्सों के लिए मारते हो

क्या हमारा घर घर नहीं, नहीं, क्या क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं? क्या हमारी जान जान कसूर है घर बचाने हम सबको इकट्ठा करके दिल्ली ले आए ताकि हम इंसानों से अपने जंगल अपने दोस्तों के लिए भीख मांग सके लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे सबसे पहले हमारा स्वागत हुआ बंदूकों से मारो मारो किनारो से

अरे जंगल से आए तो हम हैं पर जानवर तो तुम इंसान हो जिनका हर बात के लिए पहला रिएक्शन ही होता है एक्शन। जब हम घर से निकले थे तब दिल्ली बहुत दूर था लेकिन हम सब इतनी दूर सिर्फ दिल्ली पहुंचने नहीं आए थे आपके दिलों तक पहुंचने आए थे और अगर हम वहां पहुंचने में जरा से भी कामयाब हुए हैं तो बंद कीजिए जंगलों को उखाड़ना बंद कीजिए लड़ना झगड़ना आज एक साथ मिलकर हल्ला बोली जंग के खिलाफ नफरत के खिलाफ सिर्फ एक जंगल के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के

Halla bol. Halla bol. Halla bol. Halla bol. Halla bol.

हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल

Mangal, na fight, na jungle, na jungle. In this jungle, we have Mangal. Aajare, aare, aare, a. Shake it and do bosti, bosti. Aajare, aare, aare, a. Chew me, bheke, saari bosti. Aajare, aare, aare, a. Shake it and do bosti, bosti. Aajare, aare, aare, a. Chew me, bheke, saari bosti.